हाल में रिलीज हुई अफ्तार टू के कुछ अनोखे फैक्ट नंबर वन अवतार एक को 2009 में रिलीज होने के बाद अफतार टू को रिलीज होने में तेरह साल लग गए नंबर टू अवतार दो को 250 बिलियन डॉलर के बजट में बनाया गया है जो भारतीय मुद्रा में दो करोड़ है जबकि अवतार एक को 237 सौ मिलियन डॉलर के बजट में बनाया गया था नंबर थ्री नंबर थ्री जानने से पहले चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे अरे भाई इतने प्यार से बोलोगे तो ये चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब थोड़ी करेंगे ये तो केवल सुंदर लड़कियों की चैनल सब्सक्राइब करती हैं। नहीं छोटू ये हमारी मेहनत समझते हैं। ये हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे कैमरन अवतार टू के लिए एक नया कैमरा चाहते थे कैमरन की प्रोडक्शन कंपनी लाइफ स्टाइल और सोनी ने मिलकर सोनी वैनिस नामक एक नया कैमरा विकसित किया